नमस्कार नमस्का दोस्तों मैं परम आपके चैनल बिल्कुल कहानी लेकर जो कहानी सिखाती है हमें गोल है। गोल है। आज हम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करते हैं तो रिटर्न हमारे पास मिलता है हमें अच्छाई के रूप में हमें वापस देती है प्रकृति हमें वापस करते है। अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो भी प्रकृति हमें वो रिटर्न करती है तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बेहद गरीब है वो लड़का जो है उसकी फैमिली के पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो बहुत गरीब परिवार से तालु रखता था और, और वो स्कूल, स्कूल में जाता था और स्कूल, स्कूल से आने के बाद वो घर घर जाकर उस सामान बेचता था और वो तो जो सामान बेचकर उसे पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों की मदद से वो अपने स्कूल की फीस भरता था और ऐसे ही वो लड़का अपनी रूटीन के मुताबिक एक दिन घर से निकला होता है सामान बेचने के लिए अपने काम के ऊपर तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है धूप बहुत ज़्यादा होती है तो सामान बेचते बेचते दोपहर हो चुकी होती है और उस तो लड़की को भूख लग जाती है तो अपने तो दिमाग में, में मन में सोचता तो है कि बहुत भूख लगी हुई है और मैं सोच रहा हूँ कि अभी जिस गर, कोई भी घर का अगर मैं दरवाज़ा खरीदाता हूँ तो उनको वो सामान बेचेगा लेकिन पैसा नहीं मिलता उस सामान के बदले में मैं पैसा नहीं मांगूंगा उनको बोलूंगा कि मुझे रोटी दे दे रोटी खिला दो मेरे को बहुत भूख लग रही वो पैसे के बदले खाना नहीं चाहता तो ये सोच कर उसमें लड़के ने एक घर का दरवाजा खरखटाया जैसे उसने दरवाजा खरखाया तो दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की हुई थी जैसे वो लड़की को देखता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि लड़की से मैं क्या हुआ उसको शर्म आती है तो उपुरंत वो बोलता है घबराकर कि कृपया आप मुझे एक गिलास पानी गिलास सकती हैं? तो लड़की किचन में जाती है उसके लिए पानी लेने और वो लड़की सोचती है कि लड़का बहुत थका हुआ है और इतनी धूप में उसे पसीना भी आ रहा है मेरे को है कि लड़का भूखा तो वो लड़की क्या कर करती के के है पानी की जगह एक गिलास दूध लेके चले जाता है लड़का जो होता है वो दूध पीता है दूध पीने भी के बाद वो लड़की को बोलता दूर्क है कि बताइए मैं आपको कितने पैसे तो लड़की बोलती है कि पैसे किस चीज के तो लड़का बोलता है कि आपने मेरे को दूध पिलाया है तो मैं आपको कितने पैसे ऐसे तो लड़की बोलती है कि मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए और मेरे माँ बाप ने मेरे को यही सिखाया है कि किसी की मदद कर, अगर आप किसी की मदद करते हो तो आप उस मदद के बदले में किसी से पैसे मत लो तो लड़का अपने दिमाग में सोच रहा है मन में, में सोच रहा है कि इंसान तभी भी जिंदा है तो उसने बोला ठीक है वो ऊपर वाले का कर, अपने दिल से अपने ऊपर वाले का भी धन्यवाद करता है कभी कभी भूख लगी थी आपने ईश्वर खुद लड़की के रूप में आकर मेरे को दो दे दिया तो उसने तो बोला ठीक है आप पैसा नहीं लेना चाहते तो, तो, तो, तो मेरे से कुछ सामान खरीद लीजिए तो लड़की दो बोलती दो है कि मुझे आपसे कोई समान, समान नहीं चाहिए तो फिर लड़का थोड़ा सोच कर सोच कर बोलता है कि ठीक है अगर आपने मेरे से कुछ नहीं लेना तो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूँ के दिल, दिल से, से आपका धन्यवाद आपने आपने मेरी मदद की कि मुझे सच में दूध बहुत लगी हुई थी को आपने आपने दिया आपका शुक्रिया आसान निकल जाता है है इंसानियत फिर अभी भी जिंदा है लड़की ने दूध दे दिया ऊपर वाले ने मेरी मदद कर दी ऐसी अच्छी अच्छी बात दिमाग में चलते रहते तो समय बीतता गया लड़का ने लड़के ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की समय और ही होता लड़के ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और अब तो तो वो एक डॉक्टर बन चुका था जो था वो एक डॉक्टर बन चुका होता था वो तो एक हॉस्पिटल में जॉब करने लग जाता है तो, तो इधर वो लड़की भी बड़ी हो जाती है जो समय छोटी सी थी वो लड़की बड़ी हो जाती है और उसके, उसके फैमिली की स्थिति जो थी वो इतनी अच्छी नहीं रही एक दिन, एक दिन क्या होता, क्या होता है? है कि लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और उसका जो लोकल डॉक्टर होता है उसके घर के पास वाला तो वो बोलता है आप अपनी लड़की को किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके दिखाए जहां इसका इलाज हो सके क्योंकि लड़की की जो स्थिति थी, थी वो सीरियस थी तो जल्दबाजी में उसके माता पिता अपनी लड़की को शहर के हॉस्पिटल में लेकर आते हैं संजय से जो जिस हॉस्पिटल में आते हैं वो लड़का वहीं वही डॉक्टर होता है और जैसे ही उसके पे वो फाइल पहुंचती है कि ये लड़की इस गांव से आई जो में है तो में उस गाँव की एक लड़की ने बिलकुल दूध पिलाया कितने साल पहले कहीं ये लड़की तो नहीं है क्योंकि प्रॉपर याद नहीं था लेकिन वो एड्रेस थी वही घर का तो मुझे अब इस लड़की की मदद करनी और लड़की भी ठीक हो जाती है तो जब बात आती है हॉस्पिटल का बिल पे करने की तो लड़का क्या करता है जो डॉक्टर बन जाता है वो उसका बिल लेता है और एक लिफाफे में डालता है और लिफाफे में एक छोटी सी एक नोट वोट भी साथ में पर्ची चिपका देता है कुछ चिपका देता है। तो जब वो वो लिफाफा लड़की के बेड पे पहुँचता है लड़की के पास तो लड़की थोड़ी घबरा जाती है कि बालों ने अब कितना बिल बना होगा मेरे खर्चा कितना आया होगा अब मेरे घर वालों की स्थिति भी अच्छी नहीं है कि वो इसका बिल पे कर सकें अब लड़की ये सोच रही है, मालूम नहीं कितना गरीब आदमी है तो क्या होता है लेकिन धीरे धीरे जब वो लड़की उस लिफाटे को खोलती है उस पर सारा का खर्चा लिखा होता है।, है वो भी सास सांस तो लड़की उस पर्ची को जब पढ़ती है तो उस पर्ची पे लिखा होता है कि इस अपने हॉस्पिटल का जो बिल है वो बहुत साल पहले बहुत साल पहले एक गिलास से दिया था। अब लड़की को तो वो जब जब वो डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर को बोलती है उस लड़के को बोलती है कि उस दिन आपने मुझे दिल से धन्यवाद दिया था आज मैं आपको दिल से धन्यवाद लेना चाहता हूँ ये बच्चों ये हमारी छोटी सी कहानी थी जो हमें हमेशा सिखाती है कि जिंदगी में अगर हम अच्छा कुछ करते हैं तो वो लौट के हमारे पास जरूर आता है अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो वो भी लौट के हमारी जिंदगी में वापस हमें मिलता है तो आज से आप सबके लिए अच्छा सोचो अच्छा कर्म करो यही हमारी सीख है और नए हमारे चैनल पे नए विजिट करने वालों के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप हमारी कहानी को सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते कृपया यार सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो क्या जाता है यार आपका एक लाल घंटे का बटन है वो भी साथ में दबा दिया करो यार आप इतना कष्ट करोगे हमें खुद मोटिवेट होते हैं आप हमें मोटिवेट करते हो हम आपको मोटिवेट नहीं करते आप हमें मोटिवेट करते ठीक है तो जो नए हैं सब्सक्राइबर वो कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें शेयर करें कमेंट करें यही कहते हैं मैं आपका धन्यवाद